हेलो अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ सब खैरत से ओके इंट्रो मैं आपको बाद में दूंगा सबसे पहले आप व्यू देख ले वीडियोस देख ले मेरे शेयर की और फिर आप मुझे बताना वीडियो देख के अगर आपको पता चलता है कि मेरे तालुक कहाँ से और मैं कहाँ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो आप मुझे इसी टाइम वीडियो पोस्ट करके मुझे कमेंट कीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी लूँगा ठीक है मैंने आपको अपना बता सबसे पहले ए, मुझे ना अक्सर हम दोस्त वगैरह या फैमिली मैंबर ना जाते थे किसी भी जगह कोई गैदरिंग होती थी या किसी जगह घूमने जाते थे या ट्रैवलिंग करते थे मैं हर जगह या हर मोमेंट को कैप्चर करता था कभी पिक्चर की सूरत में कभी वीडियोज़ की सूरत में तो मुझे मेरे फ्रेंड कहते थे कि यार तुम ब्लॉगिंग शुरू कर दो तो मुझे तब नहीं पता होता था, था कि मैं आज से कोई चार या पाँच साल पहले की बात बता रहा हूँ तो नहीं समझ आती थी कि यह होती क्या मैं बस मैं कैप्चर करता था वीडियोज़ या पिक्चर्स फ्यूचर में कुछ देखे तो ना बस एक मेमरी रहे दो मूवमेंट्स की तो इस वजह से मैं उस तस्वीरें वगैरह खींचता था ना इतना आइडिया था ब्लॉगिंग क्या होती है तो मुझे फ्रेंड वगैरह सजेस्ट करते थे कि आप बनाओ ब्लॉगिंग करो नहीं पता डिलीसल नहीं कोई एक साल पहले एक फ्रेंड ने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि भाई आप ब्लॉगिंग शुरू करते हो किस तरह बोलते हो और ज़हर बात है हम जब दोस्तों में मिलते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं शेयर कर सकते मिसाल के तौर तो पर कुछ जूम एन्यू अल्फाज होते हैं डबल मीनिंग से अफाज होते हैं वो हम नहीं बोल सकते ना आपको दिखा सकते हम क्योंकि व्लॉगिंग जो होती है वो इंसान मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है व्यू ये है कि इंसान फैमिली में भी अगर बैठ के देखे ना ब्लॉगिंग किसी की भी तो बंदे को एम्बेस नहीं होना चाहिए कुछ यूट्यूबर्स है बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है मैं नाम नहीं लूँगा आप बेहतर जानते हो तो उनकी जो अब वीडियोज़ है या ब्लॉगिंग है आप फैमिलीस में बैठ के नहीं देख सकते इवन कि मेरा भाई भी है कुछ ऐसे ब्लॉगर है उसे हम फॉलो करते हैं मेरा भाई और मैं भी जब भी कोई न्यू ब्लॉग आता है ना उसका तो मेरा भाई मुझे कहता है कि भाई उसका न्यू वीडियोस आ गई है ये लो हैंड फ्री आप देख लो कि हम यानी कि फैमिलीज़ में नहीं बैठ के देख सकते तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे ब्लॉग आए तो वो फैमिलीज़ का हर बंद उसको देखे और कोई एम्बेसिंग फील ना हो हँसी मज़ाक हो खूबसूरत व्यू दिखाऊँ आपको जिस तरह हम दोस्तों में या फैमिलीस में जो होता है वो चीज़ें हो उसमें और मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करूँगा अभी तो स्टार्टिंग में मंथ में एक या दो ब्लॉग अपलोड किया करूंगा अगर आपकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिलता है प्यार मिलता है तो फिर मैं कोशिश करूँगा तो कि डेली तो नहीं फिलहाल मैं वीक में एक ब्लॉग अपलोड करती हूँ ठीक है और ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप जितना मुझे प्यार देंगे मोहब्बत देगी उतना ही मैं अपना अपनी रूटीन या अपना ट्रैवलिंग वगैरह जो है आपके साथ शेयर किया करूँगा जी तो आइए सुबह के करीबन पाँच बज रहे हैं और जॉगिंग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह के टाइम हमसे मराज मैं हूँ मेरा दोस्त है वो मेरी सेहत देख के तो आप कह रहे होगे कि यार इसको क्या जरूरत है हेल्दी बंदा करता है लेकिन ये सोच गलत है मेरे घर वालों की भी यही सोच है वही कहते हैं यार तुम हेल्दी नहीं हो क्यों करते हो एक्सरसाइज वगैरह तो हेल्दी बंदा नहीं करता फिट रहने के लिए की जाती है अगर आप स्विम है अभी अपने फिटनेस को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक करें एक्सरसाइज करें हेल्दी डेली मेंटली आप हेल्दी तो रहते हैं और फिजिकली भी हेल्दी रहते हैं और मैं डेली जाता हूँ तकरीबन तो और डेली जाने की एक और रीज़न है वो रीज़न आगे जा रही है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ देखें जरा आप काफ़ी आगे निकल गया होता है मेरे साथ है लेकिन किसी और दुनिया में अब थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं, आपको दिखाता हूं क्या सीन है होता है है होता होता मेरे मेरे साथ साथ लेकिन किस तरह ये ये देख सकते हैं पे लगा हुआ अभी भी, भी। ये सीधा रही जब भी मेरे साथ होता है फोन पे लगा रहता है चलो कोई नहीं यही उम्र है लगे रहने और कल का मैं बता दू आपको कल जो मैंने देखी आपने वीडियो कल कोड की थी उस वीडियो के बाद मुझे सदमा लग गया सदमा ये लगा कि उसकी रेशियो होती है YouTube से अपलोड करने के लिए कोई नाइन या सिक्सटी नाइन एटी मेरी आते आती वो गलत रेशियो पर रिकॉर्ड हो गई है अगर उसको कुछ देखता हूँ सीन अगर कुछ हो सकता है सही तो ठीक है नहीं तो वैसे ही अपलोड आपको आपके साथ करनी पड़ेगी आप वैसे ही देखें इसको कोई तो नहीं हो जाता है फस टैंड होता है मैंने बाकी देखते हैं अभी हम जा रहे हैं शर्मा बाग जगह देख तो आपको पता चल गया होगा वीडियो देख के, के मेरा तालुक कहाँ से है बाकी वहाँ जाके देखता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो बना दूंगी वहाँ पे लेडीज़ वगैरह की आ जाती है तो फिर वहाँ पर रिपोर्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है तो बाकी अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर मैं बनाऊँगा फिर वापसी भी आपके साथ दोबारा आता हूँ आपके सामने One hour later. इधर सुझाव कर रहा हूँ ऐसे रा अंदर वाली रोड पे जो फिर मैं बारा वीडियो बनाता हूँ यहाँ के कुल नहीं री इधर सुझाव कर रहा हूँ ये बंदर वाली रोड पे आ गए मैं आप देख सकते हो उप नहीं है यहाँ पे है लेकिन इतनी नहीं है तो फाइन कर रहा थक गया मैं मैं मेन इधर आपको दिखाता हूँ कि मेरे डेली जाने की क्या वजह है वैसे तो जाता हूँ मैं डेली लेकिन भी छुट्टी भी कर लेता हूँ नहीं दिल करता लेकिन इस वजह से मैं जाता हूँ लास्ट भी मुझे जाना पड़ता वो वजह ये है। दिखाता हूँ तो पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये दोस्त है मेरे कह दिया था भैया बीच में तो मैंने थोड़ा फिर कट कर दिया तो ठीक है मैं बस यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है आपकी प्यार की जरूरत है तो सपोर्ट कीजिएगा ठीक है लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें चैनल को बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मंथ में एक या दो ब्लॉग अपलोड किया करूँगा लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा करूँ ज़्यादा मैं ऐसी सूरत में करूँगा जब आप मुझे प्यार देंगे मुहब्बत देंगे सपोर्ट करेगा मुझे ठीक है और साथ साथ मुझे सीखने को भी मिलेगा इस तरह कंटिन्यूसली आपके साथ आया करूँ आपके बातचीत किया करूँ बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर करें। जिस तरह आप दे सकते हैं आप उस तरह दे इस वीडियो के साथ। स्टार्टिंग देगा मैंने बताया नाम जस्ट बोलना था क्या करते हैं वो भी नहीं पता मुझे बस ऐसी मान जाएगा तो बस इस पर मुझे आपको सपोर्ट की जरूरत ठीक है अब मैं ब्लॉग एंड करता हूँ अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग ठीक है अल्लाह Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, wake up. today's gonna be a good day.